मौत के बाद पापी लोगों के आत्मा के साथ क्या होता है गौर पुराण के अनुसार जैसे ही किसी पापी लोग का मृत्यु होती है भयंकर और खोपनाक रूप वाला दो जमदोक्त उस पापी आत्मा को पीड़ते हुए जम ले जाते हैं जिस रास्ते से वह पापी आत्मा गुजरती है वह रास्ता गर्म लाभे की तरह खोलता हुआ होता है वहाँ पानी की एक बूंद से लेकर पेड़ के छाये तक तो कुछ भी नहीं होता सूर्य के समान गर्म लाभा वाला नदी के ऊपर गुजरते वक्त उस आत्मा भावुक होकर अपनी परिजन से एक मौका मांगती है जिनकी पापो की सीमा अत्यधिक होती है उन्हें कोई मौका नहीं मिलती लेकिन जिनको जमराज को कुछ भला करने का नजर आता है उन्हें दूसरा मौका मिल जाता है और उनकी मृत्यु टल कर कोई साधारण बीमारी या एक छोटे से हादसे में बदल जाती है दोस्तों मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है उसे दूसरे के भलाई में लगाए